जिला सोनीपत का पहलवान है वो निर्मल निर्मल मतलब मतलब हमारे परवेज के कौन में में अभ्यास कर रहा हूं भाई अखाड़ा चल रहा अखाड़ा चल रहा हाँ जी देना बट करता मेरा ये दस मिनट का, का समय जोर दे पहले जी के लिए कि जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है जीत अल्लाह तो क्योंकि एक बाप हल्ले की जनता बड़ा प्यार करती है बड़ा तो सम्मान करती है है जी बापोल्ली कुश्ती दंगल ज्यादा से ज्यादा इंड के को चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और इत का पुरस्कार दे दिया धन्यवाद आपका